सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों सत्तरवे गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहा है चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर आज गणतंत्र का दिवस के अवसर पे एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे भारत माता की इनकला इनकला वंदे वंदे सभी दिल्ली वासियों को देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से शुभकामनाएं दोस्तों आज से 70 साल पहले 1950 में 26 जनवरी को आज के दिन हमारे देश को संविधान मिला था और 1947 को देश आजाद हुआ था आज समय है हमें अपने शहीदों की कुर्बानी को याद करने का अपने शहीदों की कुर्बानी को नमन करने का हमारे देश को 1947 में आजादी मिली लेकिन वो आजादी आसानी से नहीं मिली थी उसके लिए हमारे ढेरों लोगों ने शहादत की थी बहुत लोग शहीद हुए थे अपनी जान की कुर्बानी दी थी शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्ला खान सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद न जाने कितने लोगों की जान की कुर्बानी के बाद हमारे देश को आजादी मिले थी बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी ने चाचा नेहरू ने पूरा जीवन संघर्ष किया था उसके बाद हमारे देश को कुर्बानी मिली थी मैं कई बार सोचता हूं उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी थी उन शहीदों का क्या सपना था शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए कि आज अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएं लेकिन देश की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहे देश के अंदर वैसे ही भुखमरी का जीवन जीते रहे गोरे अंग्रेज चले जाएं और काले अंग्रेज आकर बैठ जाएं दोस्तों हमारे शहीदों का क्या सपना था हमारे शहीदों का सपना था एक दिन देश आजाद होगा तो इस देश के अंदर खुशहाली आएगी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी हर गरीब आदमी को मजदूर को पूरी मेहनत की मजदूरी मिलेगी हर किसान खुशहाल होगा किसान को पूरी मजदूरी मिलेगी अपनी फसलों के दाम मिलेंगे उन्होंने सपना देखा था कि भारत वर्ष एक दिन दुनिया का नंबर वन देश होगा दोस्तों मुझे कहते हुए बेहद दुख है की आज सत्तर साल के बाद आज सत्तर साल के बाद भी उन शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ मैं कई बार सोचता हूँ अगर शहीदों को पता होता हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को पता होता कि आजादी के बाद देश का इस तरह से बेड़ा गर्व किया जाएगा मैं कई बार सोचता हूं कि क्या वो शहीद शहादत देते आज हमारे देश के अंदर अगर एक गरीब घर के अंदर बच्चा पैदा होता है क्या उसको अच्छी शिक्षा मिलती है हमारे देश के अंदर आज गरीब को तो छोड़ो मिडिल क्लास परिवार के अंदर भी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अपना इलाज कराने के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर देनी पड़ती है सत्तर साल के अंदर सारी पार्टियों ने सारे नेताओं ने मिलके देश का बेड़ा गर्व कर दिया दोस्तों आज सत्तर साल के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपने शहीदों के सपनों को पूरा किया नहीं कह सकते दोस्तों तीन साढ़े तीन चार साल पहले दिल्ली के लोगों ने इस देश की राजनीति बदली दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की सरकार बनाई आज दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो सरकार नहीं है वो एक आंदोलन है वो एक क्रांति है पिछले चार साल के अंदर दिल्ली के अंदर जितने काम हुए आज चार साल के बाद मुझे कहते हुए बेहद फख्र है कि आज अगर दिल्ली के अंदर किसी भी घर में बच्चा पैदा होता है चाहे वो गरीब के घर में हो चाहे वो अमीर के घर में हो किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा जिम, की जिम्मेदारी, अच्छी अच्छी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की उसे अच्छी शिक्षा दी जाती है आज मुझे कहते हुए बेहद फक्र है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई बीमार होता है भगवान ना करे कोई बीमार हो भगवान ना करे भगवान करे सबके घर में सब लोग स्वस्थ हो लेकिन आज अगर दिल्ली के घर में किसी के घर में कोई बीमार होता है चाहे वो कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो चाहे दस लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़े दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अच्छे से अच्छा ऑपरेशन फ्री में होता है गरीबों का भी अमीरों का भी आज मुझे कहते हुए फक्रे दिल्ली के किसानों की अगर फसल बर्बाद होती है तो दिल्ली सरकार उनका ख्याल रखने के लिए है दिल्ली के किसानों को खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ती दिल्ली सरकार देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देती है दोस्तों आज मुझे कहते हुए फख्र है की दिल्ली के लोगों को पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहाँ दिल्ली के लोगों को चौबीस घंटे बिजली मिलती है और सबसे कम दामों में पूरे देश के अंदर सबसे कम दामों में दिल्ली के अंदर बिजली मिलती है ढेरों काम किए पिछले चार साल के अंदर दिल्ली सरकार ने ढेरों काम किए चार साल के अंदर वो सारे काम किए दोस्तों जो हमारे शहीदों का सपना था जिसके लिए उन्होंने शहादत दी थी मैं कई बार सोचता हूँ जो काम हम कर रहे हैं यह काम उन्नीस में हो जाना चाहिए थे ये ये 1955 में हो जाने थे। ये काम में हो जाने जाने चाहिए चाहिए थे, थे। 1960 मुझे कई बार सोच के बड़ा दुख होता है। सिंगापुर, एक छोटा सा देश, 1965 आजाद हुआ, हमारे बाद आजाद हुआ हमारे 18 साल बाद आजाद हुआ आज हमसे कहीं आगे बढ़ गया जापान और जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे आज हम से कहीं आगे बढ़ गए मैं मैं पूछना पूछना चाहता चाहता हूं हूं क्या उन देशों के लोग हमसे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं है। कि वो आगे कैसे बढ़ गए दोस्तों मुझे लगता है भारत के लोग इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग, लोग जब विदेशों में जाते हैं लंदन जाते हैं पेरिस जाते हैं न्यूयॉर्क जाते हैं वॉशिंगटन जाते हैं दुनिया की कोई कंपनी उठा के देख लो लोग बैठे हुए मिलेंगे लेकिन हमारे देश के अंदर जब आते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है दोस्तों तो इस व्यवस्था को बदलना हम लोगों को मुझे कहते हुए बेहद दुख है चार साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की दिल्ली में राजनीति शुरू की सत्तर साल के बाद नई उम्मीद जागी देश के अंदर पूरा देश आज दिल्ली की तरफ देख रहा है पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से दिल्ली के स्कूलों में क्रांति हो रही है पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं लेकिन मुझे कहते हुए बेहद तो दुख है कि दिल्ली के अंदर जो एक पौधा पैदा हुआ था उसको कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है चल रहा है मैं कई बार सोचता जब जब हमारे हमारे हमारे हमारे स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों अंग्रेजों से से लड़ लड़ रहे रहे थे, थे, शहीद हुए, के के सिपाही बीच कुछ लोग थे जो देश के साथ गद्दारी करते थे हमारे हमारे बीच के कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के पास जाके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सारी बातें बताते थे हमारे बीच के कुछ लोग थे जो अंग्रेजों से मिलके हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को कमजोर किया करते थे आज भी हमारे भी बीच के कुछ लोग हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हो रहा है दिल्ली के अंदर स्कूल बन रहे हैं स्कूल बनने से रोका जाता है मैं पूछना चाहता हूँ अगर मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाता हूँ मैं क्या गलत करता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ आज गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूँ अगर मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाता हूँ इससे बड़ा देशभक्ति का और क्या काम हो सकता है आज हमें स्कूल बनाने से रोका जाता है मैं पूछना चाहता हूँ अगर मैं अपने लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूँ अगर मैं अपने लोगों के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाता हूँ अगर मैं अपने लोगों के लिए शानदार स्वास्थ्य सेवाएं देता हूँ मॉडर्न इक्विपमेंट देता हूँ मैं क्या गलत करता हूँ मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा देशभक्ति का काम करता हूँ आज मुझे मोहल्ला क्लिनिक बनाने से रोका जाता है मैं पूछना चाहता हूँ हमने अपने शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया हमारे देश के जाबा सिपाही, सैनिक बॉर्डर के ऊपर हमारी जाके रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की कुर्बानी लगा देते हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के जाबाज सिपाही दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं हमने ऐलान किया कि ऐसे सिपाहियों को एक एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी हमें सम्मान राशि देने से रोका गया दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है इसके अंदर राजनीति क्यों होती है अगर मैं इस देश का कोई सिपाही बार्डर के ऊपर हमारे देश की रक्षा करने में शहीद होता है तो वो ये नहीं देखता कि वो बीजेपी वालों की जान बचा रहा है कि कांग्रेस वालों की जान बचा रहा है, कि आम आदमी पार्टी की जान बचा रहा है वो ये देखता है कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ अपने देश की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो रहा हूँ अगर आज मेरी दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए कुर्बान होता है वो ये नहीं देखता कि मैं बीजेपी वाले की जान बचा रहा हूँ कि कांग्रेस वाले की जान बचा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले की जान बचा रहा हूँ वो दिल्ली के लोगों की दिल्ली की महिलाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देता है ऐसे लोगों को अगर एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाए मुझे लगता है सारे देश के अंदर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को देनी चाहिए हमें ऐसा करने से रोका जाता है ठीक काम नहीं है ये देश के साथ गद्दारी है ये ठीक काम नहीं है आज मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूँ भगत सिंह से अशफाकुल्ला खान से सुखदेव से राजगुरु से चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लें और हर बच्चा हर युवा अपनी जिंदगी में भगत सिंह बनने की कल, कल्पना करे अपनी जिंदगी में भगत सिंह बनने का प्रण ले आज देश आपकी कुर्बानी नहीं मांग रहा आपको केवल यह करना है कि अपने अंदर देश के लिए कूट कूट के देश प्रेम भरना है भारत से प्रेम करना है कट्टर देशभक्त बनना है लेकिन देशभक्त बनना बड़ा पवित्र काम है देशभक्त बनने का विजय मतलब नहीं है कि इस धर्म के व्यक्ति को मारो या उस धर्म के आदमी को मारो जिस आदमी के अंदर देश प्रेम भरा होता है उसके अंदर पवित्र भावना होती है जिस आदमी के अंदर देश प्रेम भरा होता है उसके सब के लिए सबके लिए प्रेम होता है अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो सबसे प्रेम करना सभी धर्म के लोगों से प्रेम करना सभी जाति के लोगों से प्रेम करना आज कसम खा लो कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई आदमी कोई मुसीबत में मिलता है हमारे देश का कोई देशवासी आपको मुसीबत में मिलता है अगर कोई इंसान आपको मुसीबत में मिलता है आप तन मन धन से उसकी सेवा करोगे आप तन मन धन से उसकी रक्षा करोगे आप तन मन धन से उसकी सहायता करोगे अगर कोई महिला कहीं आपको मुसीबत में मिलती है आप पूरी जान लगा के अपनी जान की बाजी लगा के उस महिला की रक्षा करोगे दोस्तों अब दूसरे देशों में चले जाइए जापान चले जाइए लंडन चले जाइए और दूसरे देशों में जिस तरह से कूट कूट के देशभक्ति उनके अंदर भरी हुई है, आज हमें भी उसी किस्म की देशभक्ति अपने युवाओं के अंदर भरनी है दोस्तों मुझे बेहद खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी कुछ महीनों के बाद दिल्ली के सारे स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों में संविधान के ऊपर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा दी जाएगी बच्चों को संविधान सिखाया जाएगा बच्चों को उनके मौलिक अधिकार सिखाए जाएंगे बच्चों को उनके मौलिक कर्तव्य सिखाए जाएंगे बच्चों को उनकी देश के प्रति जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सिखाई जाए। आज हमारे युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है और उसके लिए और बहुत सारे कारण हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कारण है हमारे कई सारे डिसीजन सरकारी निर्णय उसके कारण हो सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर कमी आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है एक बच्चा एक युवा एक युवा बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री लेकर निकलता है और वो नौकरी ढूंढना चालू कर देता है आज हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरी ढूंढने वालों को पैदा करती है नौकरी देने वालों को पैदा नहीं करती मुझे इसलिए बड़ी खुशी है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी कुछ महीनों के बाद दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर आंट्रप्रेनरशिप करिकुलम शुरू करने जा रहे हैं जैसे पहले हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया गया था जिसमें बच्चों को हर रोज सुबह एक घंटा हैप्पीनेस की क्लासेस सिखाई जाती हैं, ध्यान करना सिखाया जाता है मेडिटेशन करने सिखाई जाती है ऐसे ही अब स्कूलों के अंदर बच्चों को आंट्रप्रनरशिप सिखाई जाएगी कि स्कूल से कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी मांगनी नहीं है नौकरी ढूंढनी नहीं है नौकरी देने वाला बनना है अपनी दुकान शुरू करनी है अपना व्यापार शुरू करना है अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी है अपना उद्योग शुरू करना है ये क्लासेस उनको दी जाएगी और मैं मनीष जी फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे यह भी अपील करूंगा कि आसान लोन देने की प्रक्रिया शुरू करें ताकि हमारे जितने युवा बेरोजगार हैं उन बेरोजगार युवाओं को आसान किस्तों में आसान इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दिए जा सके ताकि वो अपना अपना रोजगार शुरू कर सके अपना अपना धंधा शुरू कर सके वो नौकरी देने वाले बने ना कि नौकरी लेने वाले बने दोस्तों ये आम आदमी की सरकार है आम आदमी से चलती है और आम आदमी के लिए काम करती है डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल अगर इसके अंदर युवा इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती मैं आज युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि सब सब लोग जनतंत्र के अंदर और राजनीति के अंदर खूब बढ़ चढ़ हिस्सा लें दोस्तों मेरे जीवन का एक ही सपना है मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस धरती को तब तक, तक नहीं छोड़ के जाने वाला मैं तब तक, तक नहीं मरने वाला जब तक इस देश को दुनिया का नंबर वन देश ना देख लूं दोस्तों भारत माता दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद दोस्तों